मैं आपका फिर से एक बार है कुमार वर्मा जैसे की आप देख रहे की घरों के अंदर जो है आजकल चोरिया बहुत ज्यादा होने लग गई तो उन चोरों को पकड़ने के लिए और उनसे बचने के लिए हम ये प्रैक्टिकल आपके लिए लेके आए तो फ्रेंड्स जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो फ्रेंड्स ये प्रैक्टिकल होने क्या वाला है ये प्रैक्टिकल ऐसा होने वाला है फ्रेंड्स कि सिर्फ आपको 100-200 रुपए खर्च करके लाखों रुपए अपने लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हो फ्रेंड्स अपने ज्वेलरी बचा सकते हो कैसे आप इसको उस जगह लगा सकते हो जहां पर आप अपने पैसे रख रखे हो या फिर आप इसको घर के बाहर या जैसे आपका मेन डोर होता है वहां लगा सकते हो ताकि जैसे ही नाइट हो या कोई चोर जैसे एंट्री करने की कोशिश करे तो ये हमारे को इंडिकेट कर दे कि हमारे जैसे रूम में या हमारे घर के अंदर कोई एंट्री कर रहा है और हम जल्दी से जाके उसको पकड़ ले तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इस जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर होने क्या वाला है तो इसके अंदर होने क्या वाला है तो इसके अंदर होने वाला है हमारे पास ज्यादा महंगी चीज है नहीं फ्रेंड्स मात्र दो दो तीन तीन रुपए की ये कोई हमारे पास छोटे छोटे पुर्जे होने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर है मेरे पास एक यहाँ पे डायोड है एक यहाँ पे मेरे पास डायोड है एक यहाँ पे वन केक का प्रतिरोध है मैं आपको वीडियो के अंदर बताता जाऊंगा ये क्या क्या चीजें नीचे दिखाता रहूंगा कि कौन सी चीज कितने क्षमता की है ठीक है फ्रेंड्स एक यहाँ पे हमारे पास बारह वोल्ट की रिले होने वाली है एक यहाँ पे हमारे पास पीआईआर सेंसर होने वाला है फ्रेंड्स पीआईआर सेंसर जैसा की आप पहले वीडियो में देख चुके होंगे एक, एक यहाँ पे हमारे पास बजर होने वाला है और यहाँ पे एक हमारे पास बारह वोल्ट का डीसी चार्जर होने वाला है तो इन्हीं की सहायता से हम आज एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही फायदेमंद है तो चलो फ्रेंड चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट की तरफ तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने इसका कनेक्शन कर लिया है आपने वीडियो में देख लिया होगा और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं वीडियो के एंड में इसका सर्किट डायग्राम आपको दे दूंगा फ्रेंड्स जो ये मैंने सर्किट बनाया है तो इसको हम ऐसे तो नहीं खुला लगाएंगे इसको हम एक काम करेंगे हम एक बोर्ड ले यहाँ से बॉक्स ले, ले लिए हैं छोटा हम इसको पूरे सर्किट को इसके अंदर पैक कर लेंगे ताकि हमारे लिए एक तो ज्यादा बिखरे नहीं और सेफ्टी से इसके अंदर रहे आप ऐसा बॉक्स ले सकते हो या कोई पीवीसी का बना सकते हो मार्केट में छोटे बॉक्स भी अवेलेबल है आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हो आपके सुविधा अनुसार तो जैसे कि फ्रेंड्स हमने इसको बॉक्स में पैक कर लिया है इधर मैंने इसका बजट निकाल दिया यहाँ सेंसर हो गया हमारा और यहाँ पे हमारा ये 12 वोल्ट घटी सी चार्जर तो हम करेंगे आप इसकी टेस्टिंग और टेस्टिंग करके फिर आपको दिखा दें कि किस तरीके से ये वर्क करता है जैसे कि फ्रेंड्स हमने देख लिया था कि जो हमने प्रोजेक्ट बनाया उसको हमने एक बॉक्स के अंदर पैक कर लिया था अब हमने उसका इंस्टॉलेशन कहाँ कराया? है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ तो जैसे कि आप अभी यहाँ देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है पर एक्चुअली फ्रेंड इसके पर्दे के जस्ट पीछे मैंने यहाँ पे वो मोशन सेंसर लगा दिया है और यहाँ ये मेरा मैं डोर हो गया जैसे हम अगर कोई चोट मेन डोर से एंटर करता है कैसे भी करके लॉक तोड़ के जैसे एंटर करता है मेरा पी सेंसर जो लगाया मैंने वो एटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और एक साइडन बहुत तेजी से बजेगा जो कि घर में जो भी कोई सदस्य होगा उसको इंडिकेट कर देगा तो देख लेते हैं हम ये किस तरीके से वर्क करता है एक बार जैसे मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया था अपना जो प्रोजेक्ट बनाया है वो अब मैं अपना डोर जो है वो लॉक कर दिया है अब मैं जैसे इसको एक बार खोल के देखता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो वर्क कर रहा है कि नहीं, नहीं कर रहा है अच्छे से तो मैं इस को खोलता हूँ और खोलते ही जो मेरी बीप है या पी आई सेंसर है वो मोशन सेंस करेगा और सेंस करते अपने जो बीप है वो बजर नहीं यानी कि जो बजन लगाया मैंने वो आवाज़ करने लगेगा तो मैं ओपन करता हूँ तो जैसे कि देखा कि किस तरीके से हमारा मोशन सेंसर है वो वर्क कर रहा है तो एक बार मैं हाथ के मूवमेंट से भी देख लेता हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि पूरा जाने के बाद वर्क करता है तो फ्रेंड्स जैसे देखा कि हाथ के हिसाब से भी ये मोशन है जो मेरा वर्क कर रहा है